इस्लाम का लोगों ने समझा है के आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा लेकिन मेरे नजदीक इस्लाम छोड़ने का नहीं कहता वो असूल कुछ देता है हलाल हराम के आप पैसा कमाने से नहीं मना कर रहा है इस्लाम मगर आप अगर अरबपति बन जाते हो आपके फिर जिम्मेदारी आ जाती है सोशली आपने कैसे वो मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें फायदा आपका भी और साथ गरीबों का भी फायदा हो और उस जो अल्लाह की राह में पैसे दिए जाते हैं वो कई सौ गुना बढ़ के वापस फिर आ जाते हैं इतनी खूबसूरत वो दे रहा है इकोनॉमिकल मॉडल इस्लाम लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि सब कुछ छोड़ना है मेरे नजदीक अशरम मुबशरा में भी हजरत उस्मान गनी रज और अशरम मुबशरा में दूसरे अब्दुलरहान बिन अब्द ऑफ है ये दोनों तो जन्नत इन्होंने पाई मालदार होने की वजह से क्योंकि इन्होंने की राह में भी खर्च किया इनके पास पैसा भी था तो इस्लाम एक जायज में रहकर आपको हर ख्वाहिश पूरी करने का कहते हैं बस हलाल आराम का रख रहे के बस दूसरों पे जुलम ना हो तो लोग ये इस्लाम की ट्रू पिक्चर पैसे या नेगेटिव या गरीब गुरबा वाली जो दिखाती है ये पूरा इस्लाम रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन तो अगर आप आपको एस बता दिए जाए इस्लाम आपको, आपको पैसा कमाना अलाउ करता है ये एस ओ है इस फ्रेमवर्क में आप आखिरत भी पा सकते हैं दुनिया भी पा सकते हैं तो लोगों के अंदर जो है ना इस्लाम के हवाले से अट्रैक्शन वो बढ़ेगी